हेलो, क्या तू अरे यार चीटिंग पेपर बना रहा था इस बार ज्यादा नहीं बना यार इट्स ओनली अरे दो चैप्टर मैंने पढ़ लिए हैं तेरा भाई भी है अरे मैं तुझे वीडियो कॉल करता हूँ हाय सुन वेरी इम्पोर्टेंट जब मैं ट्रू ऐसे करूँ ना ये ट्रू होगा मतलब दो मतलब ट्रू इट्स आर कॉमन यार और जब मैं ऐसे करूँ ये फॉल्स होगा क्योंकि फॉल्स uh, होता ही है यार यार मैंने YouTube पे बहुत सारी चिटिंग टिप्स देखी थी बहुत फ़नी और ईजी तरीके से चिटिंग टिप्स थी बहुत यार इतने ईजी मजा आ रही है मैं तुझे लिंक सेंड कर रहा हूँ तू भी देख लियो और थोड़े तू भी यार चिप्स बना By the way, मैंने का छोटा करा लिया है तेरे को चाहिए तो बता दियो मेरे पास है अरे चिरांडू कह रहा था कि पेपर बहुत है अरे उसके पापा ना लीक कर दिया उसके पापा ने अबे तू टन क्यों ले रहा है तेरा भाई बैठा है ना अबे आराम कर कल एग्जाम हॉल में देखेंगे चीटिंग करेंगे फटाफट मैं चीटिंग पेपर तैयार कर ले रहा हूँ बाय बाय जय गणेश जय गणेश जय गणेशवा माता जा की पार्वती पिता महा देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेशवादी दे होना चाहती में हेलो बोल पढ़ाई तो नहीं हुई यार टेंशन नहीं है आज शाम को मैं माता की चौकी गया था ना मम्मी के साथ फुल सेटिंग कर लिया मैंने माता के साथ माता का सर के ऊपर हाथ है अपने ऊपर यार पिछले सात दिन से मैं सिद्धिविराय जा रहा हूँ नंगे पैर और बाबा के दरबार में भी आया हूँ क्या चलावा और अपने जे है दरगाह दरगाह पे मैं चद्दर चढ़ाया उदू कल कल चढ़ा के भाई मैंने सारे भगवानों के सामने सेटिंग कर लिया है अपनी मैंने भगवान के सामने दही चक्कर बना के रख दिया है सुबह तक तो प्रसाद बन जाएगा यार मेरा तो ये मानना है सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए अपनी लाइफ को ऊपर वाला एक है यार पास तो सभी हो जाएंगे ना साहब भी किस किसी के साथ नहीं करेंगे यार भगवान हम सब यार भगवान के बच्चे हैं यार चल यार मेरा हनुमान जी की आरती का टाइम हो गया है और उसके बीस मिनट बाद सरस्वती जी की आरती आरती करनी है चल मैं रखता हूँ जय माता की जय माता की सारे बोलो जय माता हेलो यार सो रहा था नहीं यार कोई भी पढ़ाई नहीं हुई यार टीवी देखते देखते सो गया मैं Sorry यार I distracted. या सामने हम तेरी कितनी पढ़ाई हुई साम कुछ important क्या क्या क्या तूने क्वेश्चन कौन-कौन से हा हा अच्छा तू तो यार यर है तेरे को तो पक्का रेंक आएगा मैं तो फेल हो जाऊंगा मुझे लगता है पढ़ाई करके कर कोई फायदा नहीं है यार एक काम कर तू सो जा जा यार यार सो जािंक यू नीड्स रेस्ट माइंड रिलैक्स करना भी तो जरूरी है यार एक काम कर तू सो जा अच्छा चल चल फिर जाइट अब जरूरी मैं डायरेक्टली सोने ही जा रहा हूँ तेरा फोन रखते ही मैं सो जाऊँगा यार हेलो, तू सोया नहीं भी भी। यार यार पढ़ाई मेरी तू तू अभी भी पढ़ रहा है आई होप तूने चैप्टर किया होगा वो वो तो सबसे सबसे था था था अच्छा एब्सेंट टीचर ने बोला था तू तो गया अच्छा मेरे को बता तूने क्या क्या पढ़ा है वो वो नहीं है अरे वो भी नहीं है अरे वो तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी हाँ यार वो इम्पोर्टेंट है वो भी हाँ करना है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है यार क्या नहीं किया तूने ने वेरी सैड यार अरे कोई बात नहीं यार मैं तेरा सीनियर बन जाऊंगा कोई बात कोई बात नहीं डोंट वरी साइन पता चला इस बार बहुत कठिन पेपर आने वाला है सबकी हो जाएगी जो पढ़े लिखे नहीं है देख तुम, मारी जाएगी, तुम लोग फेल है तुम ऐ, कोई नहीं कोई नहीं नहीं तुमसे कोई कोई यार you the first failure of the family. अरे तेरे मॉम डैड डॉक्टर हैं शायद <laughs> चल बा हेलो भाई कोई पढ़ाई नहीं हुई है यार बड्डी बड़ी है यार क्या करूँ पड्डी बड़ी है यार यार तू समझता क्यों नहीं है समझते तो काम करवाने के लिए लगवा देंगे मुझे बर्तन नहीं माजने यार मुझे चाय के पे काम नहीं करना यार जो जो ऑप्शन में छोड़ा हुआ कोई पेपर में आ गया तो मैं क्या करूँगा यार मम्मी बहुत मारेगी पापा मोबाइल चीन हिस्ट्री नहीं लेनी चाहिए थी साइकोलॉजी ले, ले लेता वैसे भी मेरे घर पे सब साइको हैं यार यार चार दिन से एक ही आंसर याद कर रहा हूँ याद ही नहीं हो रहा बाकी एक रात में कैसे निपटाऊंगा यार चार चीटिंग कर लू साला मेरा नजब भी तो खराब है यार सबसे पहले नंबर मेरा ही आएगा क्या करू यार अरे यार ये हिस्ट्री पढ़ने की क्या जरूरत है भी अबे जुदाड़ो और की बर्तनों के शेप से मेरी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा वो सब 200 बीसी में था बीसी मतलब भाई थोड़ी सी हेल्प करा दियो मुझे पेपर में चीटिंग करा यार प्लीज एक काम कर दे यार मेरे को कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भेज दे यार सेंड कर दे मेरे को प्लीज